मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे हम मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पचताओगे सुनिया सुनिया गलिया दे रोलना दे बूहे किसे होर लाई ली ना दे सुनिया सुनिया गलिया रोलना दे किसे होर खोलना दे शायर जानी जे रूलाओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओ जे करोगे, जे दगा करोगे वाली मौत तुसी भी मरोगे हो जुलम कमाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे हूं जे छोड़ करी जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे जो नजरें चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो खब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफ़नाने लगे हो और बर्बाद दे छोन्दा लेना छट दे जैसा जानू प्यार लर तरसाओगे बड़ा पछताओगे अच्छे